सिंगरौली में कैंसर से पीड़ित दो वर्ष के बालक का इलाज भोपाल कैंसर हॉस्पिटल में किया जा रहा है कैंसर पीड़ित बालक की इलाज की पहल चितरंगी विधायक और बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री ने की थी मुख्यमंत्री कोशिश से कैंसर पीड़ित बच्चे का इलाज जारी है महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा मंडल चितरंगी और चितरंगी विधायक के प्रयास से दो वर्ष के बालक का इलाज भोपाल कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है कैंसर से पीड़ित दो वर्ष का बालक श्रेयांश सोधिया ग्राम पंचायत गोरवी का निवासी है गरीबी के चलते बच्चे के पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे जिसकी जानकारी जैसे ही महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा मंडल चितरंगी के अभिषेक पांडे को मिली तो उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए प्रयास शुरू कर दिए विधायक अमर सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात कर बच्चे की इलाज की जानकारी दी जिसके बाद मुख्यमंत्री कोश से बच्चे का उपचार भोपाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में शुरू किया गया हमको परसों दिन पता चला एक श्रेयां सोधिया नाम का लड़का जो गुरबी नोढ़िया बस्ती का रहने वाला है उसको कैंसर है वो बालक दो साल का है महेंद्र बैस गोरवी जो विधायक जी के मीडिया हैंडलर हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला कि उसको कैंसर है उन्होंने फ़ोन किया और माननीय विधायक जी हमारे उस दिन भोपाल आ रहे थे सुबह वो आए और मैं उनसे मिला मैंने उनको उस पूरे वाक्य से अवगत कराया तो माननीय विधायक जी ने इसके बाद पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी मदद के लिए बात करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के पश्चात उसका जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में इलाज चालू हो गया है तथा मुख्यमंत्री सहायता राशि से जो चिकित्सा सहायता राशि होती है उससे एक लाख रुपए उसके हॉस्पिटल के खाते में डाल दिया गया है और साथ में ही अवगत कराया गया उसके माता पिता को और भी किसी भी प्रकार की उसको अगर समस्या आती है तो उसकी पूरी मदद की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की हैं